फैंस ऑफ हिंदी स्टोरी दोस्तों मेरा नाम है संदीप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेलाइकन के घंटे को दबाएं। माँ तो सिर्फ माँ ही होती है जिसका स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता दुनिया में अकेली माँ ऐसी इंसान होती है जो कि बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार करती है तो चलिए आज माँ की ममता की कहानी मदर्स ट्यूलव के बारे में ध्यान से सुनते हैं अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लगे तो उसे शेयर करें आकाश अब बड़ा हो गया था पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई थी कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी वह भी शहर में नौकरी करती थी अब आकाश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथी शहर में रहने लग गए थे कुछ दिनों के पश्चात आकाश के पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और बीमारी के चलते उनका निधन हो गया वो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए जिसके बाद आकाश की माँ एकदम अकेली हो गई थी गांव एकदम अकेला महसूस करने लगी थी इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी देखना चाहती है सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी लेकिन आकाश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो ये मत करो मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की गवार ही समझते थे लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है इसलिए आकाश की माँ सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी एक दिन की बात है सुबह आकाश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था तो वह घर का सारा काम जल्दी से करके और आकाश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई फिर थोड़ी देर बाद आकाश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया फिर थोड़ी देर बाद आकाश की मां ने देखा कि उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है और सोचा आज मेरा बेटा ऑफिस में भूखा रह जाएगा तो मां ने बिना देर करते फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में कुर्सी पर बैठ गई क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए माँ ने फोन, फोन ना करके मैसेज किया लेकिन आकाश अपने काम में उस दिन बहुत व्यस्त था इस वजह से आकाश माँ के मैसेज का पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया लेकिन उसकी माँ बाहर बहुत देर से आकाश का इंतजार कर रही थी इस तरह कई घंटे बीत गए और इसी बीच कई मैसेज भी किया लेकिन आकाश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था इस तरह आकाश की माँ को चिंता होने लगी थी लेकिन आकाश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी और इसी तरह सुबह से शाम हो गई तब आकाश घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो उसने देखा उसकी माँ तो वहीं खड़ी है जिसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसी से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई आखिर उनका यह गांव नहीं जो मनमानी करती रहेगी है सुनकर आकाश की माँ ने खाने का टिफिन आकाश की ओर बढ़ा दिया जिसे देखकर आकाश को अब समझते देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था जिस वजह से माँ उसे देने के लिए यहाँ आई है इसके बाद आकाश की माँ बोली बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो बड़े शहर में रहने लगे हो भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो लेकिन मेरे लिए आज भी तो मेरे गले जगह टुकड़ा ही हो जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ आकाश की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था अब वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था जिसे देख कर ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह आकाश अब से खुद को माँ के लिए बदल गया अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा जिसके बाद मां को अब शहर में भी रहना अच्छे लगने लगने लगा क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहां हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं वो भला माँ बाप अपने बच्चे के बारे में कैसे बुरा कर सकते हैं तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को घंटे को दबाएं जय श्री राम दोस्तों